बड़वारा क्षेत्र में हो रही वन प्राणियों की मौत पर वन विभाग के अधिकारी अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं वहीं जानवरों की मौत को छोटी मोटी घटनाएं बताने वाले डिप्टी रेंजर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिस पर बड़वारा विधायक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अधिकारी जिम्मेदारी से न भागें लगातार क्षेत्र से वन्य प्राणियों की मौत होने की खबरें सामने आ रही है जिसे लेकर स्थानीय मीडिया ने संबंधित डिप्टी रेंजर करण सिंह से सवाल किया था तो डिप्टी रेंजर ने वन्य प्राणियों की मौत होने की घटना को छोटी मोटी घटना एक कह कर टाल दिया, जिसका वीडियो इन दिनों, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल जवाब हो गई है और बड़वारा कांग्रेस विधायक विजय राघवेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डिप्टी रेंजर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भाग रहे हैं वन्य प्राणियों की सुरक्षा करना उनका कर्तव्य है और इस तरह की बेतुकी बात करना कदापि मुनासिब नहीं है उन्होंने कहा उच्च अधिकारियों को ऐसे लापरवाह कर्मचारियों के ऊपर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए सीधा सीधा ये माना जाएगा कि अपनी जवाबदारी से पीछे हट रहे हो। जो आपका कर्तव्य तो बनता है कि हम उनकी सुरक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्था होनी चाहिए और ये आपका जवाबदारी से आपको यहाँ पर रखा गया है आप जवाबदारी से पीछे नहीं हट सकते तो ये जवाब देना उचित नहीं माना जाएगा कि आप उस तो बात को ऐसे हल्के में लेके कि सामान्य घटना है और उससे आप किनारे हट जाएँ उस वीडियो को मैंने भी देखा है उस वीडियो में उनने जो शब्द का उपयोग किया कि सामान्य घटना है और ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं इनका इस टाइप की बात का उनने उपयोग किया है तो ये माना जाएगा कि फॉरेस्ट विभाग के द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही कि जीव जंतु मरते रहते हैं उनकी तो सामान्य घटना है तो मैं मानता हूँ कि इनको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 हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को 6 बजे लोकार्पण करेंगे श्री महाकाल महाकाल लोक का का की उनके विस्तार सात रचना भाव हुई है जिसका नाम श्री महाकाल लोक रखा गया है ये भारत के सांस्कृतिक पुन उत्थान का युग है पहले केदारनाथ फिर काशी विश्वनाथ महाकाल बाबा आइए इस अद्भुत आध्यात्मिक उत्सव के हम साक्षी बने जय महाका आप देख रहे हैं दखल न्यूज़